कहा जय बापू करवा दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे। तो तो मुह मीठो जाने हम भे तो करवाया था बोले बाकी नहीं पड़ी तू तो रुक जा जाए तो मैं भी देख तू नो नो नो नो बात तो सुनो सुनो मर रहा तो तो है छोड़ बाबू छोड़ता बाबू आज जाए बात मरक में ना तो मेरा नाम झमन नहीं बाबू राम कली ये लूट के ले गई तो उचेनी पड़ रहा ठरकी बुड्ढा कहां गई जाने बहन के बोझ ठरकी बुड्ढा एक टैपटे में पयावन नहीं छोड़े जावा अब रुक दो जहा बापू पकड़ लमन का बापू अरे मर रहा है आगे अरे हम कब तक जियेंगे अरे तो तो सारा चाहिए ना तो और हमारा बंश आगे कैसे बढ़ेगा बेटा तू शादी कर लेना तुम कह रहे हो तो शादी कर ले तो वैसे कब लुढ़क रहे हो <laughs> भाई क्या है ये? वो तो, तो, तो, तो अम्मा से जल्दी शादी कर रही और जल्दी वह निकल रही हो कछू पता ही ना चला <laughs> <laughs> अच्छा जीजा, चल तो मैं। हम तैयारी करवाने कल मिलते हैं जाके साथ न अंग्रेजी कछू जालो चला ठीक है मैं चलता ये वो, खाने को तो सब से अब का। सारे वाले बहुत बैठो। अरे जिया चिंता मत करो सब अच्छे हो बेगो फिर मैं आरे जी चीज अरे भैया कौन ये अरे इंग्लिश की अरे अंग्रेज की औलाद ना पी अरे अरे अरे भैया पूरे पी गए मैं कब पिया हूँ अरे तू दिवाली ले ले रहे अरे अरे यार ये बापू कितने चले गए मामा को को देखे रात तो हमारे संग नहीं आते अच्छी है बिना सोने की चैन चाहिए तब वो तैयार करेंगे चलो मेरे पास दो तह है चलो फिर मारे का फिर मैं सोया, नींद कसूती मामा जितो तो को डोज हाँ? तो उठवा, उठवा, उठवा, उठवा, उठवा। देना ही पड़े अरे अरे राम गली आ गई अरे ये ढंग से खा जा तू तो, तो बोल ही कि जाना थी है। पी ले खड़े हो अरे मामा जिनको कचू करो यार ले जाओ जिन्होंने कचू खवाओ आचार वाचार उतार बारात भी लेके जाना लेट है रे यार भांझे तुम पुपा समारो हम बाबू को समारते तो तुम्हारे यार ठीक है ना जल्दी आइयो देखो मैं नहीं मानेंगो सोने की चैन चाहिए तो चाहिए जी लगाइए लगा पहले समझ आई थी क्या ना। जो मिल जाए सो ले लियो पुआ हाथ मत लगा दियो तो सोने की चैन चाहिए ले अरे बैठो लला ए ए कपड़े लेके आओ जल्दी रे है ना उरे हो ले जम मार अब जाने नहीं अब क्या करने हो भाई कोई न कोई जगह से आओ साजाता आगे हाथ पकड़ोगे बोलेगे ऊपर पर हां ऊपर पर कौन पर ऊपर पर आओ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 करवा में अरे, तो ले अरे, करवा अरे जाए तो डाल डाले तुम्हारी करवा देंगे अरे चलो चलो चलो चलो कौन मारूंगा अरे खो नहीं जहाँ चढ़े बैठो चलो लेट हो रहा है मामा मेरा यार यार तो रहेगा। रहेगा रहेगा रुको रुको भाई फोन हेलो। अबे अरे अरे तेरे का सब रुके हैं जल्दी आ। लुढ़कते लुड़कते बच गई भाई को कोई से देख साठ बजे चलो चलो चलो हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना है सब्सक्राइब करना और इसके पिछले एपिसोड देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और पिछले एपिसोड को देखिए